Today we are going to discuss about the bioenergy this is uh, <clears throat> the last lecture of uh, the energies under the renewable uh, energy resources so so bio uh, energy is the basically the energy which we derive from the <clears throat> living material living material like the plants animals wood या कोई भी ऐसा वेस्ट है लिविंग जो ऑर्गेनिक वेस्ट है जहाँ जिससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको बायोमास कहते हैं बेसिकली विच हैज़ बीन रिसेंटली लिविंग या तो इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स है प्लांट्स है बट जैसे जब आप देखते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इनटू द कोल एंड फॉसिल फ्यूल्स तो यहाँ पे कोल एंड फॉसिल फ्यूल जैसे जो एनर्जीज है दे आर नॉट कंसिडर्ड एजोमासर्जी बिकॉज दे आर द फॉसल फ्यूल्स दे हैव बीन चेंज बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर to the coal and other uh, petroleum products. तो so, over the period of time uh, जो है uh, कुछ साल में जब हम uh, plants या forests में जैसे wood वग़ैरह है या और भी जो कुछ organisms है जो हम आगे जाके इस प्रजेंटेशन में डिस्कस करेंगे जिससे हम एनर्जी डराइव कर सकते हैं इन वेरियस फॉर्म्स तो यहाँ पे जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं वुड है जैसे फायर वुड इसको जब यूज़ करते हैं फॉर हीटिंग परपज़ और फॉर कुकिंग परपज़ तो उसमें बेसिकली कम्बशन का जो है रोल है कैसे वो वुड को जलाते हैं वहाँ से आग निकलती है ने? उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट कैन भी यूज फॉर कन्वर्शन इंटू एल्ट्रिसिटी और डायरेक्टली कैन यूज एज अ थर्मल हेट उसके अलावा गारबेज जो निकलता है गारबेज हो चुकी है ना तो सॉलिड <coughs> उसको भी यूज़ किया जाता है इन द मॉडर्न टाइम्स इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वेस्ट एनर्जी प्लांट्स तो जो भी एनर्जी प्लांट होता है उसमें बेसिकली यूज़ होता है कुछ फॉसल फ्यूल्स होकर यूज कोल पेट्रोल नैचुरल गैस यूज़ होते हैं बट uh, है, कुछ ऐसा वेस्ट मैनेजमेंट का एक जो है वेस्ट एनर्जी प्लांट जो भी हमारा गारबेज निकलता है उसको हम जला के वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं This दिस इज़ दैकेंड एंड थर्ड वन इज़ द क्रॉप बेसिकली कुछ क्रॉप है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन बायोफ्यूल्स तो वो भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे बायोफ्यूल्स क्या होता है तो जैसे कॉर्न है जो मक्की है उससे भी सबसे ज़्यादा ज़्यादा प्रोडक्शन होती है बायोफ्यूल्स की इन यू एस ए तो उसके अलावा alcohols जो जो methanol, ethanol है जो fermentation से बनते हैं और उसके अलावा जो भी मॉडर्न टाइम्स के जो आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लैंडफिल्स होता है जो हम जो सॉलिड वेस्ट एक तो सॉलिड वेस्ट को कैसे हम जो है डील करते हैं उसको ओपन डंपिंग करते हैं किसी बड़े ग्राउंड में उसको डंप करते हैं बट एक लैंडफिल uh, फिल एक टेक्निक है जिसमें हम जमीन के नीचे उसको जो है सॉलिड वेस्ट को दबाते हैं जो भी हमारा अर्बन वेस्ट निकलता है Over ओवर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिग्रेड हो जाता है एंड दैन प्रोड्यूस सम गैसेज लाइक मीथिन तो उसको भी हम जो है यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी तो ये सारी जो है जो फॉर्मस ऑफ एनर्जी है तो ये एनर्जीज हम यूज़ कर सकते हैं इन द फॉर्म टू फॉर्म द इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर वेरियस जो हमारे कमर्शियल डोमेस्टिकल एज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज है उसके लिए यूज कर सकते हैं तो देन देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बायोमासेस तो चार टाइप्स ऑफ बायोमासेस इन जनरली जो है कैटेगराइज किए गए हैं इन तो वो दैन एग्रीकल्चर बायोमास तो जैसे वुड एंड एग्रीकल्चर बायोमास में आता है जैसे वुड लॉग्स आते हैं बड़े बड़े जो लॉग्स होते हैं ना जंगल में वुड के देवदार वगैरह के अगर आप अक्सर ये जो सीज़न है एक्सकर्शन वगैरह जाते हैं लोग तो वहाँ पे बड़े वुड लॉग्स मिलते हैं जिसको हम यूज़ uh, करते हैं फॉर एज ए फायर हमाम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं चिप्स वगैरह जैसे हम को जो कोयला बनाते हैं से बना कोलचिन में क्या है? जो चीनी बना हुआ बाट चने जो हम विंटर्स में यूज़ करते हैं कांगरी वगैरह में उसके अलावा बहुत सारे जो एग्रीकल्चर एंड वुड वेस्ट होता है जैसे सा डस्ट होता है तो उसमें तकरीबन जो है एट्टी परसेंट टू एट्टी ऑफ एनर्जी होती है प्रजेंट इन जो है वुड एग्रीकल्चर बायोमास में then second is uh, the type biomass, that is type that solid solid waste solid waste होता है कोई भी अर्बन जो हमारे घर uh, से वेस्ट निकलता है चाहे वो इंडस्ट्रियल से हो चाहे वो uh, कोई कमर्शियल होटल वगैरह से निकलता हो in the form of plastics uh, and other जो निकलता है uh, जो non biodegradable हो basically solid waste तो दो सौ दो, दो हज़ार पाउंडस ऑफ जो गारबेज में तकरीबन हीट होती है एज जो है इक्वलेंट एज मच एज हीट जो प्रजेंट होती है कोल में तो इसका जो है एडवाटेज है यही कि अगर हम सॉलिड वेस्ट को यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे जो लैंड में जो हमारा जो सॉलिड वेस्ट डंपिंग प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है किसी भी हद हाँ तक 60 टू 90 परसेंट जो है रिड्यूस हो सकता है सॉलिड वेस्ट जो लैंड में जाता है ओपन डंपिंग में जाता है तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है जब सॉलिड वेस्ट से कैसे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं दैट इज वेस्ट एनर्जी प्लांट जिसमें इंसिनेशन होती है हाई टेम्परेचर में उसको जलाया जाता है एंड देन उससे जो पानी को उबाला जाता है और उससे जो स्टीम प्रोड्यूस होती है उससे उस स्टीम उस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द मैकेल एनर्जी बाय रनिंग टर्बाइन एंड दैट मैकेजी गल्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर्स तो उसके अलावा इस इससे पहले जो स्लाइड है उसमें मैंने कहा था डिस्कस किया था लैंडफिल्स में भी कुछ आर्टिफिशियल um, इन्वामेंट जो लैंड का भी एक टेक्निक होती है किस uh, कितनी लेयर uh, जो है सॉलिड वेस्ट की डालनी है उसके बाद मिट्टी कितनी डालनी है रेत कितनी है, उसको फिर कंक्रीट के साथ बंद किया जाता है ताकि वहाँ से जो गैसेज़ जो है फ्रीकेंटली एक्सचेंज डिफ्यूज़ ना हो जाए आउटर एटमोसफियर के साथ तो वहाँ से भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मीथिन गैस जनरेट होती है और उसके अलावा अल्कोहल फ्यूल्स जैसे वीट कॉर्न जो फर्मेंटेशन हम करते हैं वीट एंड कॉर्न का जो उसको कन्वर्ट करते हैं वेरियस प्रोडक्ट्स लाइक इथेनॉल एंड मेथेनॉल उसको भी हम यूज़ करते हैं जैसे आजकल जो है मेथिनॉल एंड इथेनॉल को ब्लेंड किया जाता है विथ पेट्रोल जो हम यूज़ करते हैं उसमें कुछ इंजन मॉडिफिकेशंस भी करनी पड़ती है B20 अक्सर नाम सुना होगा बायोफ्यूल 20 मीनस उसमें 20% आपका जो है अल्कोहल फ्यूल्स रहेंगे एंड एटी परसेंट विल बी दट्रोल तो उसमें जो पॉलिसीज़ अभी जो है हो गई है रिसेंटली जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था उस पर एक रिपोर्ट भी सबमिट की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कितना उन्हें इम्प्लीमेंट किया है ऑन ग्राउंड तो हो सकता है आगे जाके ये फ्यूल्स को यूज़ किया जाएगा बट अल्कोहल फ्यूल्स जो है उनका जो ओरिजिन है दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट तो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि उनका क्या जो है प्रॉब्लम है हम क्यों नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करते तो अब जो बायोमास से किस किस तरीके हम से हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे पहले ही हम डायरेक्ट अगर हमें कंबशन करनी है कम्बशन मीनस डायरेक्टली हम जलाते हैं जैसे हम जो फायर वुड जलाते हैं दानस पैवान फॉर एग्जांपल रूर एरियाज़ में ज़्यादा होता था पहले अब तो गैस जो है अब बहुत ही कॉमन हो गया सब रूलर एंड अर्बन एरियाज़ में तो वहाँ पर जो फायर है डायरेक्टली हम बर्न करते हैं and then that is for the cooking and heating purpose but बट कुछ जो है बड़े पैमाने पर कमर्शल लेवल पर उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर एलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑल्सो तो उसके अलावा बैक्टीरियल डिके जो नेचुरल प्रोसेस है जो भी ऑर्गेनिक मटीरियल है तो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इंटू द तो मीथिन जैसे जो बायोगैस प्लांट है फॉर एग्ज़ाम्पल बायोगैस प्लांट में जितने भी हम मटीरियल डालते हैं चाहे वो कावडंक हो चाहे वो किचन वेस्ट हो या और भी कोई जो फार्म वेस्ट हो जो ज़मीन से निकलता है तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस तो बायोगैस में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन होती है तकरीबन 60 परसेंट ऑफ द कंसनट्रेशन इज़ मीथेन और मीथेन बहुत अच्छा जलता है तो यहाँ पे बैक्टीरियल डीके से भी जो है एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं बायोमास को इनटू द मीथेन जिसको हम यूज़ कर सकते हैं बाय फॉर कुकिंग फॉर लाइटनिंग एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज जैसे स्विटरलैंड में वहाँ पे बसेज चलती है बायोगैस पे एंड देन थर्ड वन इज़ फर्मेंटेशन कैसे आप बायोमास को अल्कोहल्स में कन्वर्ट कर सकते हो बायो हाइड्रोजन में कन्वर्ट कर सकते हो एंड बहुत uh, सारे अदर प्रोडक्ट्स है डेवलपमेंट्स हो रही है कैसे बैक्टीरिया को यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट जो है अल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के लिए अल्कोहल्स मतलब जो शराब जो पीते हैं बहुत ही uh, जो एनशेंट टेक्निक है बट रिसेंटली उसको डिफरेंट फॉर यूजिंग एज ए फ्यूअल मतलब uh, जो तेल के बल्ले हम उसको यूज़ कर सकते हैं तो उसको कैसे बैक्टीरिया को ऐसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा फॉर कन्वर्टिंग द बायोमास इंटू द वीरियस काइंड ऑफ फ्यूल्स लाइक मेथेनहल एंड इथेनॉल दैन लास्ट वन इज़ कन्वर्शन बायो मास इज़ कन्वर्टेड इंटू गैस और लिक्विड जो भी हीटिंग है जैसे इसमें uh, एक बायो ऑयल करके जिसमें जो ट्रीग्स है प्लांट्स उसको हीट किया जाता है तो वहाँ से तेल निकलती है थोड़ी सी तो उस तेल को जो है उसको बायो ऑयल कहते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा अगर आप किसी भी जो है ब्रांच ट्री ब्रांच को जलाते हैं तो उसकी आद, दूसरे सिरे से एक तेल लिक्विड जैसा निकलता है तो उस लिक्विड को भी uh, जो है कलेक्ट किया जाता है या जो है इसमें भी एक जो है बायोगैस से भी हम जो है कन्वर्शन करते हैं बायोमास को कैसे कन्वर्ट करते हैं उसमें एक सीरीज़ ऑफ़ जो चेन है कैसे फिर फ्रेगमेंटेशन होती है फिर मेथनोजेनेसिस होती है एसिडोजेनेसिस होती है फिर मेथनोजेनेसिस होती, होती है पूरी एक सीरीज़ है तो ये चार मेथड्स हैं जिससे हम बायोमास को डिफरेंट फॉर्मस ऑफ एनर्जीज में या एलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दैन उसके बाद बायोमास में एक प्रॉब्लम है ये, तो इतना इसका इसमें इतना वैल्यू है बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसको एक बल्क में हम चाहिए जो एनर्जी कंटेंट होता है ना बायोमास में वो बहुत ही कम होता है एज़ कंपेयर टू फॉसल क्यूल्स तो अगर आप एक लीटर लोगे तेल का तो उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा उसका कैलोराफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है एज़ कंपेयर टू वन के ऑफ द सेम जो uh, बायोमास आप लेते हैं तो उतना वो एनर्जी नहीं देगा मींस कि जब भी हमें एनर्जी डिराइव करनी है फ्रॉम द बायोमास वी नीड बल्क ऑफ दास दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट लिमिटेशंस ऑफ़ दिस उसके अलावा इसमें कलेक्शन प्रोसेसिंग सेग्रीगेशन ट्रांसपोर्टेशन वो भी इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है तो जैसे बायो फ्यूल्स जैसे कमर्शियल जो फ्यूल्स है जैसे फॉसल फ्यूल्स उसको हम डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाई द पाइपलाइंस तो नेचुरल गैस को पाइपलाइन से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको या सिलेंडर्स में कर सकते हैं या जो टैंकर्स वगैरह बट बायोमास का जो है वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन स्टोरेज एंड लेबर वगैरह का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है एंड एट सोर्स लेवल ऑल्सो जब हम बायोमास को सेग्रीकेट करते हैं फ्राम जो डिग्रेडिबल बायोडिग्रेडेबल उसको यूज़ करना होगा वेस्ट एनर्जी प्लांट में तो वहाँ पर भी वो जो है प्रॉब्लम है तो अब जो मेन जो अक्सर हम टर्म सुनते हैं बायोफ्यूल्स एंड बायोडीजल जो बायोफ्यूल टर्म है इट इज बेसिकली कि कैसे हम अपने जितने भी बायोमास है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फ्यूल्स वेरियस फ्यूल जैसे इथेनॉल मैथिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं तो एक जनरल टर्म है इस टर्म में भी बहुत सारे फ्यूल्स आते हैं जैसे बायोडीजल इज वन ऑफ द जो है एक टाइप ऑफ बायोफ्यूअल है बायोडीजल, तो इसमें जितने भी वेजिटेबल एंड एनिमल ऑयल्स होते हैं इसको कन्वर्ट किया जाता है देन ट्रांसस्टेरिफिकेशन से <coughs> उन फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है इंटू द बायोडीजल, मींस इसकी प्रॉपर्टी मोर और लेस इक्वल टू डीज़ल होती है जो कमर्शियली होता है बट इसका कैलॉर वैल्यू होता है तकरीबन थर्टी सेवन पॉइंट पर के जी दैट इज कम्पेरेटिवलीस दैन जो हमारा कमर्शियल बायो है तो अब एडवांटेजेस क्या है जो भी बायोमास है या बायोगैस है बायो फ्यूल्स है इसकी क्या एडवांटेजेस है फर्स्ट ये एक रिनेबल रिसोर्स है बिकॉज कि हर साल जितनी भी हम प्लांट्स लगाएंगे जितने भी हम क्रॉप्स लगाएंगे और गार्बेज जो प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूस लेवल पे होता है एवरी डे देर इज़ ए गारबेज प्रोडक्शन तो आप देख सकते हो इंटरनेट पर स्टेटस्टिक्स आपके सिटी में आपके टाउन में पर डे कितना गारबेज निकलता है तो उसमें और सेकंड इसका एडवांटेज है ये अबेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है बहुत सारी क्वांटिटी में अवेलेबल है हर किसी जगह वर्ल्ड में जहाँ पे भी जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है फॉरेस्ट भी अवेलेबल uh, है तो इसका जो है चीपर देन अदर फ्यूल्स जो इसका रेट है फ्यूल या एनर्जी uh, जो यहाँ से मिलती है दैट इज़ वेरी चीप of of the cost of the cost fossil fuels petrol तो इसमें तो इतना हम, पड़ता fuels तो आ, उसके अलावा जो जो भी डिफरेंट जैसे गैसेस है बायोगैस प्लांट्स है वहाँ से भी बायोगैस निकलती है पर्टिकुलरली लोग रूलर एरियाज़ में बायो गैस प्लांट्स आराम से लगा सकते हैं बिकॉज तो रूलर एरियाज़ में एक तो गाओ काव डंग जो कैटल वेस्ट होता है काव डंग वगैरह फॉर्म वेस्ट वो ईजीली अवेलेबल होता है तो उसको उससे जो है गैस कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होती है बस बट बायोगैस में भी एक प्रॉब्लम है विंटर्स में उसमें गैस प्रोड्यूस नहीं होती बिकॉज इट नीड्स अराउंड 25 फाइव डिग्री सेल्सियस टम्परेचर तो एट uh, लीस्ट 25 फाइव डिग्री सेल्सियस तो विंटर्स में तो यहाँ पे माइनस में चला जाता है दैन इट गेट्स फेल्ड इन विंटर्स तो उसके अलावा ये कार्बन न्यूट्रल है कार्बन न्यूट्रल मींस जितना फॉसल uh, फ्लोज में जो कार्बन होता है दैट इज़ कैप्चर ओवर द पीरियड ऑफ वन लैक वन मिलियन ऑफ ईयर्स जब कार्बन कंटेंट था वो उसमें लॉक हुआ है बट जो हम बायोमास यूज़ करते हैं उसमें जैसे एग्रीकल्चर हम करते हैं कुछ भी सब्जी वगैरह लगाते हैं या ट्रीज तो वो जो एक साइकिल में होता है जितना हम यूज़ करेंगे वो फिर से कैप्चर होता है तो नेट एडिशन नहीं होता है इन एटमोसफियर जो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो ये कुछ एडवांटेजेस है तो उसके अलावा एनवामेंटल एडवांटेजेस भी वही है रेनेबल रिसोर्स है लैंडफिल्स के लिए जो है वो उस पर प्रेशर कम है ये क्लीन वाटर सप्लाईज जैसे लैंडफिल अगर फॉर एक एग्जाम्पल है अगर लैंडफिल में हम सॉलिड वेस्ट लगाते हैं तो वहाँ से जो लीचेट्स निकलते हैं लिक्विड वेस्ट जो निकलता है वो ग्राउंड वाटर में चला जा सकता है चला जाता है तो वहाँ से उसको पोल्यूट कर सकता है उसके अलावा कार्बन न्यूट्रल है तो मींस देर इज लेस कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन एंड अदर इक्वलन गैसेस लाइक नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड तो जो प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन एंड स्मोक वो रिड्यूस होती है ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूज कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड मीथियन को रिड्यूस कर सकता है समयल एडवेंटेज ऑफ दास अब बायोफ्यूल्स के सोर्सिस क्या क्या है कहाँ कहाँ से हम बायोफ्यूल्स को बेसिकली टाइप्स ऑफ बायोफ्यूल्स तो एक एलगी है चाहे वो मैक्रो एलगी हो या माइक्रो एलगी माइक्रो माइक्रोमी उसका जो साइज होता है बहुत छोटा होता है माइक्रोमीटर्स एंड मैक्रो एलगी बड़े होते हैं मोर देन सो आई वॉज सेन बी बहुत तरीकों से हम बायोफ्यूल कैप्चर कर सकते हैं एंड दैन वी विल गो इन नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स कि क्या जनरेशन रही है बायोफ्यूल्स की तो एलगी से भी जो मैक्रो एल्गी होते हैं मींस मैक्रो मींस उनका साइज बड़ा होता है पर्टिकुलरली जो ओशनज़ एंड सीज में पाए जाते हैं जो अक्सर जो समंदरी जहाज है शिप्स है उनकी मोमेंट में जो है हें, हेंड्रेंस पैदा करते हैं तो जिसको सी वगैरह भी बोलते हैं और दूसरे होते हैं माइक्रो एल्गी उनका जो साइज़ बहुत छोटा होता है अक्सर जो वाटर बॉडीज़ है उनमें प्रेजेंट होते हैं तो उनको भी यूज़ करके जो है वहाँ से बायोफ्यूल निकाल सकते हैं बिकॉज़ उनमें जो लिपिड कंटेंट होता है फैट फैटी एसिड कंटेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन टू तो दायोडीज़ल तो उसके अलावा इथेनॉल इथेनॉल जो कॉर्न है वीट है वहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं मस्टर्ड ऑयल वगैरह उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन द बायोफ्यूल बायो गैस इज अ इज अल सिन गैस वो हम इसको सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं इट इज़ द कन्वर्शन ऑफ़ द बायोमास टू द गैस बाई द प्रोसेस ऑफ गैसफिकेशन तो इसके भी अपराट्स है गैसफायरस है फिर ब्लेंडेड बायोडीजल ये बहुत सारे टाइप्स है सोर्सेस है बायोडीजल के दैन uh, अब जो बायोफ्यूल्स की जनरेशन क्या क्या है तो बायोफ्यूल तो uh, ये पिछले दस साल से नहीं आया इट कम्स फ्रॉम द डेट्स पिछले सौ साल से हम देख रहे हैं बायोफ्यूल्स तो पहली बार जो बायोफ्यूल्स बनाए गए थे दैट वाई डिराव फ्राम द वीट Uh, जो है वीट से बनाया गया शुगर केन से बनाया गया सोयाबीन से बनाया बाय केमिकल मेथड्स लाइक फर्मेंटेशन हाइड्रोलिस जिससे जो है इनमें जो स्टार्च कंटेंट होता है स्टार्च uh, तो उसको कन्वर्ट किया जाता है इन टू द बायो फ्यूल्स बेसिकली फ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है बट इन uh, में एक ही प्रॉब्लम थी कि ये एक मीनस के जो हम यूज़ करते हैं फॉर फाइल फ्यूअल जनरे लाइक वीट शुगर ये एक फूड जो है प्रोडक्ट्स है फूड रिसोर्स है ह्यूमस के लिए तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे फॉर फ्यूअल जनरेशन दैन देर वे बी ए प्रॉब्लम फॉर द फूड अवेलेबलिटी तो ये पहली जनरेशन थी जहाँ पे हम फूड क्रॉप से जो है डिराइव करते थे बायोफ्यूअल्स दैन or the period of time there were changes in developments there were changes in the techniques and uh, new methods arrived so second generation biofuels mein hum non food crops use karte the non food crops ho gaye wo crops for example wood agriculture residues forestal residues barks wagera twigs branches wagera use karte the basically lignocellulose isme cellulose content bahut hota hai grasses agar use karte hain jisko aam taur par hum nahi khate hain तो उसमें भी बायोकेमिकल केमिकल एंड थर्मोकेमिकल प्रोसेस से फिर जो है कन्वर्ट किया जाता था बायोमास uh, को इन वेरियस काइंड्स ऑफ फ्यूल्स तो ये प्रॉब्लम ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है बिकॉज uh, जो इसमें प्रोसेस भी लंबा चौड़ा है एंड दैन एफिशेंसी इज़ नॉट दैट गुड तो उसके बाद पिछले तीस साल की जो ड्यूरिएशन में थर्ड जनरेशन ऑफ़ बायो फ्यूल्स आए जिसमें हम एलगीज algae एलगी होते हैं चाहे वो माइक्रो एलगी हो माइक्रो एलगी हो बहुत सारे एल्गी है माइक्रो एलगी जैसे क्लोरेला है देन स्पायरुलना है नॉस्टोक है आपने सुना होगा इनका नाम क्योंकि मोस्ट ऑफ़ दूडेंट्स फ्राम यू आर फ्रॉम द मेडिकल बैकग्राउंड तो इनको हम यूज़ करते हैं uh, For the generation of the biofuels, so, फ्यूल्स तो यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम है लैंड अवेलेबलिटी कम है तो ये प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोड्यूस करने के लिए लैंड भी चाहिए बट यहाँ पे ये जो है प्रॉब्लम तो so, पिछली स्लाइड में मैंने डिस्कस किया था वेरियस सोर्स ऑफ बायोफ्यूल्स जो एल्गी इथिन वगैरह वेजिटेबल ऑयल से भी कैसे हम बायोफ्यूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं दैन बायोमास से डायरेक्टली बायो गैस एंड सिंथिस गैस बना सकते हैं But then there are various generations of biofuels. की biofuels कैसे evolve हुआ है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तकरीब 100 साल पहले हम use करते थे food crops like wheat, शुगर केन जिनमें स्टार्च कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है फॉर कन्वर्टिंग द स्टार्च टू द बायोफ्यूल्स बाई द प्रोसेस ऑफ फरमेंटेशन एंड हाइड्रोलिस तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि हमें उसको कम्पीट करना है विद द फूड जो फूड अवेलेबिलिटी जो ह्यूमंस के लिए वो रिड्यूस हो जाएगी इफ इफ़ वी यूज़ दिस वी शुगर केन एंड सोयाबीन और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं क्रॉप्स हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे कम्पीट हो जाता है कि हम फ्यूल प्रोड्यूस करेंगे या फूड प्रोड्यूस करेंगे तो ये एक डिबेट है बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने जो लिग्नों बायोमास है जैसे वूड है एग्रीकल्चर uh, रेजिड्यूज़ है फॉरेस्ट वेस्स है ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको बायो एंड थर्मोकेमिकल प्रोसेस से कन्वर्ट किया है इनटू द बायोफ्यूल्स तो इसमें लैंड अवेलेबिलिटी की प्रॉब्लम है कितने लैंड से या जो लेगनो से, से मास है तो वो कितना प्रोड्यूस होगा कितना हम प्रोड्यूस करेंगे जितना हमें रॉ मेटीरियल ज़्यादा होगा उतना बायोफ्यूल ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो यहाँ पर रॉ मटीरियल की प्रॉब्लम है तो थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स में ये चीज़ें जो है प्रॉब्लम्स है एक फूड के साथ कम्पीट करना एक लैंड की अवेलेबिलिटी इसको जो है ओवरकम कर दिया तो एल बहुत छोटे होते हैं तो उनकी जो लिए लैंड अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है एक छोटे से पहाड़ में भी ग्रो कर सकते हैं तो मेरा बेसिकली जो रिसर्च था मास्टर्स में तो इसी पे वारंटिड था कैसे एलगी से हम बायोफ्यूल्स बना सकते हैं तो एल uh, को छोटे जो है तालाब में भी ग्रो कर सकते हैं जिसमें वेस्ट वाटर जो हमारा डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है घर से जो निकलता है या इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है जिसमें कुछ न्यूट्रेंट्स होते हैं नाइट्रोजन फास्फोरस करके जिस पे एलगीज ग्रो करते हैं एक तो वेस्ट वाटर को भी जो है साफ़ करेंगे उनमें न्यूट्रेंट्स निकालते हैं देन उसमें जो लिपिड्स वगैरह होते हैं उनके सेल मास में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाई ट्रांसफिकफिकेशन इंटू द बायोफ्यूल्स एंड पर्टिकुलर इंटू इस्ट द बायोडीजल तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स थे क्योंकि कुछ एल्गीज़ होते हैं ना उसमें लिपिड कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है फैटी कंटेंट बहुत ज़्यादा हो उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम तो उसको क्या किया जाता है पहले ग्रो किया जाता है एंड देन उसमें उसको हार्वेस्ट किया जाता है वेरियस टेक्निक वो हो छोटे होते तो उसमें फ्लोटेशन आ, क्या बोलते हैं उसको सेंट्रोफ्यूजेशन या कैमिकल प्रिस्पिटेशन याचिलेशन के साथ जो है वहाँ निकाला जाता है वो बायोमास फिर उसको ड्राई किया जाता है उसको ग्राइंड किया जाता है दैन उसको जो है वेरियस केमिकल्स जैसे नाइट आ, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है ट्रीट किया जाता है जहाँ से वो फैट्स वगैरह निकलते हैं दैन स्टेडिफिकेशन से बायोडीज़ल जनरेट होता है तो बायोडीज़ल को हम ब्लैंड कर सकते हैं मिक्स कर सकते हैं इन डीज़ल जो हम इंजनस वगैरह में यूज़ कर सकते हैं तो फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल्स है इसमें यही जो एलगीज़ है इनको मॉडिफाई किया गया है फॉर मोर जो है उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा उनमें मोर लिपिड कंटेंट इंक्रीज़ हो जाएगा उनके में कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये जनरेशन थे बायोफ्यूल्स के पहली जनरेशन में हमने फूड क्रॉप्स को यूज़ किया सेकेंड जनरेशन में लिग्नोसे बायोमासनि वुड ियल को यूज़ किया थर्ड जी को यूज किया एंड को ही यूज किया बट उसको मॉडिफाई किया फॉर मोर प्रोडक्शन ऑफ द लिपिड कंटेंट इन टू दैल मास बाई जेनेटिक इंजीनियरिंग या उसको हम सिलेक्शन इंट्रोडक्शन जो भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं एक तो उसमें लिपिड कंटेंट भी ज्यादा होगा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर करने की एबिलिटी भी ज्यादा होगी तो इसमें Uh, हवा से कार्बन डाईऑक्साइड को भी कैप्चर करेगा वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करेगा एंड बायोडीजल को भी जनरेट करेगा तो ये थी जनरेशन ऑफ बायोफ्यूल्स तो उसके बाद इथेनॉल जो है तो इथेनॉल बेसिकली जो हमारे प्लांट्स है जैसे कॉर्न है यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कैसे नल को लगाया गया है टू दू कॉर्न है कॉप तो जो फर्मेंटेशन से है, जो इसमें स्टार्च होता होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू इंटू जो है शुगर्स शुगर्स कन्वर्ट किया जाता है इनटू इंटू दूल्स जिसको मिक्स किया जाता है विद गैसोलीन बेसिकली जो पेट्रोल है गैसोलीन उसका है डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन डिफरेंट कंट्रीज सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है एथिनॉल इन यू एस ए फ्राम कॉरन है तो उसके बाद जो बायोडीजल जो मैंने अभी कहा था आपको कि कैसे उसको जैसे बायोडीज़ल अगर हमें बनाना हो किसी भी जो है जैसे फॉर एग्जांपल सनफ्लावर है तो सनफ्लावर की सीड्स हम लेंगे तो सनफ्लावर की सीड्स ले सकते हैं या कोई भी ऐसा प्लांट जैसे जटरोपा के सीड्स होते हैं एक प्लांट है जटरूपा उसके भी सीड्स ब्लैक कलर के होते हैं उसमें भी ऑयल कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है तो उसको फिर जो है आ, जो मिल्स में से जो है क्रूड ऑयल निकाला जाता है उसको रिफाइन किया जाता है फिर उसको ट्रांस इस्टेफिक्टिफिकेशन की जाती है मीनस कि ट्राईग्लाइसराइड्स को कन्वर्ट किया जाता है इन तो जो जो बायोडीजल चीन है कार्बन चेन्स उसको हमें कन्वर्ट किया जाता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन बायोडीजल जिसको हम बसेज वगैरह में यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा यहाँ पे ग्लाइसरॉल भी निकलता है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं इन फूड इंडस्ट्री कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं ग्लाइसरॉल जो ग्लाइस ग्लैसरीन जो यूज़ करते हैं वो भी तो इसी का प्रोडक्ट है तो एक साइकिल प्रोसेस है तो कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल रहेगा ये पूरा प्रोसेस जहाँ जो ये यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर हुआ है वही यहाँ पर रिलीज होता है मीनस नेट जो प्रोडक्शन इन द एटमोसफेयर कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती है अब इसके जो है एडवानटेज एंड डिसवानटेज क्या है बायोडीजल के तो फर्स्ट जो इसके एडवांटेज़ है इट इज़ यूज वेस्ट फॉर फ्यूल मीन्स जो भी हमारा वेस्ट है चाहे वो एल हो चाहे वुड वेस्ट हो उसको यूज़ करता है ये चीप है और ये मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करता है ये कुछ इसके एडवांटेज़ हैं बस इसके एडवांटेज भी बहुत डिसएडवेंटेज भी है तो मीन्स कि इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें पोटेंशियल लेस है क्योंकि जो है मा, मास बहुत ज़्यादा होता है और एनर्जी बहुत कम होती है तो मीन्स इसमें बहुत कम पोटेंशियल है तो थॉट टू लीड मोर जो पोल्यूशन अदर काइंडस ऑफ पोल्यूशन, केमिकल रिलेटेड जो एक्टिविटीज है इसमें ज़्यादा है तो उस साइड भी प्रॉब्लम हो सकती है हेल्थ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है तो ये कुछ इसके एडवांटेज uh, डिसएडवाटेज है उसके बाद एल को कैसे हम बायोफ्यूल में यूज़ कर सकते हैं तो जो एल है ये तीस गुना जल्दी ग्रो हो जाता है अगर आप एल का तो एक एम एक जो पानी के ट्राई में जिसमें गंदा पानी होगा किचन वेस्ट जो है अगर साबुन वगैरह उसमें अगर एक, एक एलगी का एक मिली डालेंगे तो सात दिन के बाद वो पूरी ट्राई ना वो हो जाती है ग्रीन कलर की मीनस की जो एलगी जो की जो जो ग्रोथ होती है दैट इज़ वेरी फास्ट मोर देन थर्टी टाइम्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स उसके अलावा उसमें फैटी से जो लिपिड कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है तो एलगी Uh, जो है थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है तो इसमें अभी रिसेंटली आज के दौर में इस पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है हो सकता है फ्यूचर में ये इट विल बी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो इसके भी कुछ एडवाटेज़ एंड डिसएडवेंटेज़ हैं एल को एक तो इसके एडवांटेज एडवेंटेज फ़ास्ट ग्रो करता है इसको कंट्रोल कर सकते हैं एंड द टिपिकल जो है इसमें ऑयल कंटेंट जो है ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द प्लांट्स, बट इसमें डिसडवेंटेज़ है ये एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव है एक से इसको हारवेस्ट करना बहुत मुश्किल है हारवेस्ट मीनस कि इसको पानी में लगा दिया अब इसको निकालेंगे कैसे बाहर इसको उसमें या तो फरमेंटेश जो फ्लॉकेशन करनी पड़ेगी फ्लोटेशन करनी पड़ेगी चलेशन करनी पड़ेगी या सेंट्रिफिकेशन करनी पड़ेगी तो एक तो रेपिडली ग्रो होता है तो उसमें भी जो है प्रॉब्लम है तो ये फैल सकता है दूसरी जगह पल्यूशन कर सकता है दैन हाओ टू गेट ऑइल आउट इट जो इसमें जो इसमें तेल निकालना है वहाँ से वो बहुत ही कमरसम मैथर्ड है तो आप ये देख सकते हो ये फिगर में कार्बन डाइऑक्साइड जो एल में हुआ फिर उसको हार्वेस्ट किया उसको डिवाटरिंग की पानी को बाहर निकाला मीनस उसको हीट किया ड्राई किया ओवन में फिर एक्सट्रैक्शन की फिर तेल निकाला फिर बायोमास जो निकलता है तो इसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है तो मैंने ये तकरीब तकरीबन सारे प्रोसेस किए थे अपने रिसर्च में तो इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी इज फ्राम बायोगैस फ्राम बायोमासज बायोग तो बायोगैस बेसिकली कन्वर्शन प्रोसेस है कैसे आप बायोमास को डिग्रेड कर सकते हो तो बायोमास हो सकता है एग्रीकल्चर वेस्ट किचन वेस्ट हो सकता है म्यूनसिपल वेस्ट हो सकता है या आपका जो है कैटल डैक वगैरह हो सकता है उसको कन्वर्ट करना इंटू द मीथिन तो मीथेन जो गैस है बायोगैस जो गैस है उसमें मीथेन कंटेंट तकरीबन 50 टू 70 परसेंट होता है डिपेंड करता है कौन सा बायोमास आप यूज़ कर सकते हो तो कौन एग्रीकल्चर कर, कर रहे हो मैन्यूअल का तो इसमें जो गैस प्रोडक्शन है या टम्परेचर कंडीशंस है वो भी वेरी करती है तो उस पे भी गैस कंसनट्रेशन डिपेंड करती है उसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन 30 टू 40 परसेंट हो सकती है एंड ट्रीस गैसेज इसमें भी होते हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड सेलोजेंस होते हैं और अदर जो गैस होते हैं तो उसका जो कैलोरिक वैल्यू है दैट इज़ 6 किलोवाट आवर पर क्यूबिक मीटर तो ये तकरीबन एक लीटर जो डीजल है उसका हाफ है तो ये जो है लाइव स्टॉक वेस्ट क्रॉप वेस्ट फ्राम वेस्ट वाटर जो है यूज कर सकते हैं एनॉरबिक डाइजेशन फिर वहाँ से बायोगैस निकालते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मैंने अपनी रिसर्च में बायोगैस से हमने वो उसको डायरेक्टली कनेक्ट किया था विद द लाइटिंग वो लैम्प होता था पुराने जमाने में कैरोसिन पे वो लैम्प चलता था तो हमने वही लैम्प यूज़ किया फॉर बायोगैस उसके अलावा गैस पे भी हमने कुछ पकाया था उस टाइम तो बहुत ही अच्छा वो जो है उसका जो कहला ये जल्दी प्रोड्यूस होता है बट उसके जो बर्नर्स होते हैं ना उसका होल बड़ा होता है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है अगर उसके जो नॉर्मल हमारे जो होते हैं घर में गैस स्टोव यूज़ करेंगे तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से तो उसके अलावा उसको फ्यूल इन कार्स वगैरह में भी यूज़ कर सकते हैं गैस ग्रिड्स में भी यूज़ कर सकते हैं तो ये तो गैस जो निकलती है उसके अलावा वहाँ से कुछ अब दूसरे वेस्ट निकलते हैं जिसको सलरी कहते हैं तो उसको एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं लाइफ स्टॉक जो है बेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं या सॉयल अमेंडमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं तो ये बहुत सारे जो है इसके बेनिफिट्स है बायोगैस के Uh, जो मैंने अभी कहा इसमें पोल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है इफ़िशेंट वे टू एनर्जी कन्वर्शन और जो है सेवज़ वुमेन एंड चिल्ड्रन फ्रॉम कैरिंग फायर वुड जो जंगल से लाते हैं ना पर्टिकुलरली रूलर एरिया वो सेव होता है बट इसमें एक टेक्निक है जो टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए बैक्टीरियल कंसोशियम जो है कंसनट्रेशन एमबीएट होनी चाहिए तो एफिशिएंसी वेरी करती है उस उन चीज़ों पे तो अगर उसमें इम्प्योरिटीज होगी वाटर कंटेंट ज्यादा होगा हाइड्रोजन सल्फाइड कंटेंट ज़्यादा होगा तो पाइप्स वगैरह जो है वो करूर हो सकते हैं तो इन इट समवट अनस्टेबल मेकिंग मेकिन कम्बिशन मीन्स की जो इसमें मीथेन कंटेंट होता है वो होता है 60 टू सेवेंटी तो अगर कार्बन डाईक्साइड की कंसनट्रेशन ज्यादा होगी तो ये जलना मुश्किल होता है इसका तो वैसे हमने उसमें बर्नर्स में मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो ठीक से चलता है फिर तो ये इसमें बायोग डाइजेशन होती है तो ये फिर से वही स्लाइड है कैसे कैसेट करते हैं फिर डाइजेशन में डालते हैं तो आई गेस कि ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट जो है नॉर्मली दो होते हैं एक तो होता है फिक्स डोम टाइप दूसरा होता है फ्लोटिंग तो फ्लोटिंग में क्या होता है जो गैस यहाँ पे बनती है तो ये ड्रम ऊपर जाता है जितनी गैस ज्यादा बनेगी उतना ड्रम ऊपर जाएगा तो फिक्स्ड में ये बेसिकली चाइना टाइप है इसमें पूरा बंद होता है एक पाइप होती है सेंटर से तो वहां से गैस बाहर निकलती है तो प्रेशर जो है कॉन्स्टेंट नहीं रहता तो यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट रहता है जितनी गैस बाहर निकलेगी ड्रम नीचे जाएगा प्रेशर कॉन्स्टेंट होती रहेगी तो यहाँ से हम स्लरी दोनों में मिक्स करते हैं कैटल डंग वाटर तो यहाँ पे नीचे जाती है तो यहाँ पे तकरीबन 10-15 दिन वो डाइजेस्ट होता है इन प्रेजेंस ऑफ रीज बैक्टीरिया तो वो कन्वर्ट होता है तो बायोगैस बायोगैस का कंपोजन मैंने बताया है तो वहां से जो स्लरी निकलती है वो हम यूज कर सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड तो यहाँ से जो है डायरेक्टली जो पाइप से बाहर निकाल सकते हैं गैस को बायोगैस को जो हम कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली टू द गैस स्टोव या लाइटिंग you know, वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं या उसको बॉटलिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर सम ट्रीटमेंट उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के उसको हम जो जैसे गैस सिलेंडर्स आते हैं वैसे उसको सेव कर सकते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं उसको यूज़ कर सकते हैं वहीकल्स तो इन दोनों में एक ही डिफ़्रेंस है यहाँ पे डोम जो होता है ये फिक्स होती है ये ऊपर नीचे नहीं जाते ये यह बट यहाँ पे एक मेटेलिक ड्रम होता है ये ऊपर नीचे जाता है तो ये इंडियन टाइप है और ये जो है चाइना टाइप है तो कुछ स्लाइड्स है लास्ट वन कुछ एक दो स्लाइड्स है अब जो मैंने गैसिफिकेशन कही जिसे हम सिंथेसिस गैस बनाते हैं तो एक एपरस होता है जिसको गैसफायर बोलते हैं आप YouTube में जाके सर्च कीजिए गैस गैसिफायरस तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा वो वह, वहाँ से तो उसमें बायोमास जो होता है लकड़ी के टुकड़े वगैरह जो है डालते ऊपर से नीचे से हम आग जलाते हैं यहाँ से कम्बशन यहाँ पे होती है तो ये यह जो यहाँ से जो कम्बशन होती है जहाँ से वो दुआ निकलता है वहाँ से जो गैस निकलती है वही यूज़ करते हैं हम फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको हम जो हमारे मोटर्स वगैरह होते हैं ना जो फ्यूल पे चलते हैं उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं प्रैक्टिकली जो है यूट्यूब पे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं साइंटिस्ट्स हैं उन्होंने प्रैक्टिकली दिखाया और यूज़ होता है एट कमर्शल लेवल तो उसमें इसमें मैचोर टेक्नोजी पाथवे फॉर कंट्रोल इन्वॉल्व हीट स्टीम ऑक्सीजन जो कन्वर्ट कर, करते हैं इंटू तो द हाइड्रोजन अदर प्रोडक्ट्स तो इसमें क्या क्या होता है जो यहाँ पे सिंथेसिस गैस बनती है या उसको प्रोड्यूसर्स गैस भी बोलते हैं तकरीबन 800 से हज़ार टेंपरेचर यहाँ पे रहता है तो ये कन्वर्ट करता है जो वुड का जो बायोमास को कन्वर्ट करता है इनटू द गैस जिस गैस पे तकरीबन थर्टी टू सिक्सटी परसेंट कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 25 ट्वेंटी परसेंट हाइड्रोजन होता है एंड देन मीथेन भी होता है तकरीबन पांच परसेंट एंड कार्बन डाइऑक्साइड तकरीबन पाँच से पंद्रह परसेंट तो इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड भी जलेगा क्योंकि इसको ये कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में तो ये भी जलता है हाइड्रोजन भी चलता है मीथेन भी जलता है मीन्स ये अच्छा फ्यूल है तो इसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होती है डिपेंड करता है कि वुड का जो सोर्स क्या है सल्फर कंटेंट होता है वॉटर वेपर कंटेंट होते हैं एंड इसका कैलोर की वैल्यू इज इन द रेंज ऑफ 2 टू 15 मेगा जूल्स पर क्यूबिक मीटर तो ये था इसके भी है बहुत सारे जो मॉडल्स है अपड्रॉट डाउन वर्ड ड्रॉट बहुत सारे जो है गैसफायर बट दैट विल बी द मोर स्पेसिफिक कि हमें तो जनरली बताना है कि बायोमास को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये गैस को हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं फॉर द कम्बशन और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो भी जनरेटर्स है वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं एज ए फ्यूअल तो वहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं अब जितने भी बायोमास जो है ये कार्बन न्यूट्रल होते हैं मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वो कैप्चर करते हैं वही वहाँ वहाँ से रिली क्लोज साइकिल नेट इमिशन नहीं होता है बेसिकली तो अब इसके एडवांटेजेस क्या है एक्सपेंसिव जो है बायोमासपेंसिव एंड सेट टू बी स्टोर बिकॉज इसका जो स्टोरेज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फॉसल फ्यूल्स स्पेस बहुत चाहिए इसको फिर रेजिड्यूज जो है उसमें हायर कंसनट्रेशन ऑफ जो न्यूट्रेंट होना चाहिए uh, तो उसमें जो है एनर्जी लॉस होती है टू तो द सार अगर कोई जो हमने मेटेरियल सेव करके रखा वो सड़ जाएगा मींस उसमें जो एनर्जी लॉस होती है तो उसमें भी नुकसान है क्योंकि स्टोरेज प्रॉब्लम है तो उसके अलावा जो है अदर सिंथेटिक केमिकल और फर्टिलाइजर कैन लेट भी एडिड लेटर कैन लेटर बी एडिड तो इस जो है जो है सिंथेटिकमिकल्स अगर यूज़ हो जाएंगे तो उसमें भी जो है प्रॉब्लम हो जाती है इन द जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्राम द बायो बायो गैस एंड बायोफ्यूल तो ये कुछ डिसएडवान है ओवरऑल फॉर बायोमास बायोग तो अब जो एनर्जी एफिशियसी है जितनी भी हमने एनर्जी पढ़ी तो उसमें सबसे ज्यादा एफिशेंसी किस टाइप ऑफ एनर्जी में है तो एज पर द एनर्जी पॉइंट जो वॉल्स ट्रीट जर्नल है उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा एफिशियंट है विंड एनर्जी डिस जो है Uh, तकरीबन तकरीबन uh, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सोर्स ऑफ एनर्जी बट जो बायोमास की जो एफिशिएंसी है दैट इज़ मोर देन नेचुरल एनर्जी एंड लेस देन दैन सोलर जितनी भी आपकी जो रेनेबल एनर्जी है उनकी जो है एफिशिएंसी ज़्यादा है एनर्जी एफिशिएंसी मींस कन्वर्शन जहां से एनर्जी आती है उसको कितना को कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर फॉसल फ्यूल्स